है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम करने वाले हैं एक क्यूट सी वीडियो तो आज की वीडियो में हम करेंगे राजगुरु मार्केट वर्सेज में सन सिटी मॉल के कपड़ों का हॉल सो आर यू एक्साइटेड सो गाइज मैं ना काफ़ी दिन पहले राजगुरु मार्केट भी गई थी एंड सन सिटी भी गई थी सो so, मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना ली जाए वेलकम बैक गाइस टू माई चैनल तो आज का हमारा uh, वीडियो होने वाली है हमारी सनसिटी मॉल के कपड़े बस में हमारा जो मार्केट है यहीं आसपास वाला हिसार का मार्केट दैट इज़ कोल्ड राजगुरु मार्केट और उधर के कपड़े तो आज हम करेंगे एक ट्राई ऑन हॉल तो आई यू वाज एक्साइटेड तो गाइज़ मैं ना काफ़ी दिन पहले सेंजिटिव गई थी एंड राजपूत मार्केट भी गई थी अगर आपने नहीं देखा तो अगर नहीं देखा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी वहां पे देख लेना जाकर मैं गई थी सो गाइज स्टार्ट करते हैं चलो लेट्स गेट स्टार्ट माय वीडियो तो गाइज यार इग्नोर करना मैस को क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है और uh, चलो अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस, फर्स्ट थिंग हमारी है ये जो कि उल्टा हुआ हुआ, हुआ है तो गाइस so ये है एक क्रॉप टॉप, क्रॉप टॉप जो कि आगे से थोड़ा ऐसे कटआउट है एंड पीछे से ऐसे कट आउट है पीछे से थोड़ा ज़्यादा क्रॉप है ये देख लीजिए गाइस, रिब्ड मटेरियल में है दैट इज़ कॉल्ड लाइक्रा। ओके गाइस, पूछना मत दी ये कौन से मटेरियल में है टॉप ओके तो इसके ऊपर हमारा लिखा हुआ है बैक ऑफ इसकी जगह अगर कुछ लिखा होता ना ऐप से तब तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे ये पर कोई बात नहीं ठीक है इसकी डिटेलिंग ये है कि यहाँ पर इसके ब्लैक ब्लैक समथिंग कुछ है जो भी है ये ये भी लाइक रही है तो गाइज इसको मैं पहन के दिखाती हूँ आपको वैसे मैंने नीचे लोवर पेन रखा है तो इग्नोर करना गाइज़ मैं पेन भी दिखाती हूँ आपको ठीक है कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पे छोटा सा मेरे टिका दिया है तो देख लो गाइज ये वाला टॉप कुछ ऐसा -सा है। ऐसा है एंड बैक से एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं आपको कैसा है बैक से ये कुछ ऐसा कटआउट है ओके okay, गाइज चलिए नेक्स्ट टॉप पर चलते हैं वो हम तो गाइज नेक्स्ट टॉप है हमारा ये ये भी मैंने पहन चुका है अगर आपने नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे जाकर देख लेना तो अब इसका ट्राई वो करते हैं सॉरी ये बताना भूल गई कि ये दोनों टॉप राजगुरु मार्केट से ही लाई थी मैं ओके गाइज वेट फॉर सेकंड बेबी यार मेरा नुकसान हो गया तुम्हें वीडियो दिखाने के चक्कर में देखना पता नहीं क्या है और इग्नोर करना थोड़ा इस बैकग्राउंड को यार मेरी पिन टूट गया यार चलो छोड़ो इसको देखो ये टॉप है वो ये थोड़ा सी थ्रू है बट कोई नहीं अपन पैकडी डिपेंड लेंगे दस ए गुड आइडिया तो ये है वो टॉप एंड पीछे से कुछ ऐसा है पफी स्लीव है इसकी एंड ऑल ओवर डोट डोट डोट का प्रिंट दे रखा है बहुत प्यारा है ये टॉप मेरी शक्ल नहीं दिख रही कोई बात नहीं चलो अगली चीज है ये हमारी कूल सी स्लीपर्स तो देख लो गाइज यार इसका प्रिंट बहुत अच्छा है एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कार्टून बने हुए हैं तो या आई लाइक इट इनके प्राइस सबके मैं मैंशन कर दूंगी ओके चीज़ें ये गाइज ये आपने मुझे पहने हुए देखा ही होगा अगर नहीं देखा तो Instagram पे फॉलो कर लो यार तो ये है मेरी अगली चीज़ बहुत ही प्यारी है इसकी जो ये चेन की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है अगर आपको भी चाहिए तो इसका प्राइस है ओनली ओनली टू फिफ्टी रुपीज़ बहुत सस्ती है देख लीजिए अच्छी है ना यार आई लव इट सच्ची में ऐसी मेरे पास वाइट भी है वो मैंने टू हंड्रेड की ली थी बट ये टू फिफ्टी की है बिकॉज ऑफ ब्लैक रिचनेस का कलर है यार रिचनेस का सो so गाइज़ uh, ये क्लोथिंग एंड फुटवेयर तो हो गया राजगुरु मार्केट से फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि असेसरीज़ में मैं क्या लाई थी असेसरीज में मैंने वही जो मेरी पिन टूटी है यानी कि ये वाली ऐसी ऐसी पिन ये मैंने बड़ी ली है बिग पिन यार मुझे पता नहीं क्यों ये पर्स बड़े अच्छे क्यूट से लगते हैं तो मतलब मैं ना नहाँ जाके यही देखती हूँ कि पॉल्स वाली पिन ले लूँ सारी ले लूँ हाँ। पर मैंने ये ली तो ये जो है इसका प्राइस था आई गैस फोर्टी रुपीज़ की टू थी तो आपका आप ये देख सकते हैं ये इससे कितनी बढ़ी है ये शायद मैंने थर्टी रुपीज़ की टू ली थी या ट्वेंटी फाइव थर्टी ऐसे कुछ इसके मैंने पे किए थे तो या ये मेरा थोड़ा हेयर एसेसरी का मामला फिर मैंने एक ये नेकलेस लिया था नेकलेस तो क्या है ये तो मैंने खुद ही डाला है आपको पता ही है मैं भी बनाती हूँ ये चीज़ें तो मैंने ये ली थी चेन फोटी रुपीस की फिर उसके बाद मैंने क्या लिया था जी ये खुद ही याद नहीं रहता है हाँ फिर मैंने ली थी बटरफ्लाइज या दीज आर सुपर क्यूट और मतलब ये ना रियल है और ये मैंने लीजी थी शायद नाइन्टी नाइन के स्टोर से वहाँ पे ये शायद मुझे कितने की मिली थी ये वो बोल रहे थे कि टेन रुपीज़ का पर पीस है टेन रुपीज़ का पर पीस यानी कि ये मुझे पूरा पत्ता पड़ा था फिफ्टी रुपीज़ का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें सिक्स हैं यार ये मेरे को बहुत प्यारी लगे थी रुको यार मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ पिंक लगाएंगे आपका क्योंकि अपना टॉप पिंक है ना सो so, ये ना मतलब ऐसे लगती हैं ऐसे मैं आपको तो लगा के दिखा देती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मैंने मीशो पे देखी थी ये पर वहाँ पे थोड़ी महंगी लग रही थी अभी मैंने इससे कोई लुक नहीं क्रिएट किया है लेकिन जब मैं लुक क्रिएट करूँगी तो आप देख ही लेना सो so, यार ये बहुत क्यूट लगती हैं देखो आज से क्वालिटी भी देखो फोकस नहीं हो पा रहा है सोरी ओके दीज आर सुपर क्यूट बटरफ्लाईज ये मेरी आखिरी चीज थी जो मैंने राजगुल मार्केट से परचेज की थी ओके सो आई लाइक दीज बटरफ्लाईज और जो मैंने ये वाली बटरफ्लाई थी ये आई गैस थर्टी रुपीज़ की थ्री थी ओनली एंड इसकी क्वालिटी भी सुपर अमेजिंग है मेटल पर जो कलर कर रखा इन्होंने वो तो भाई तोबा तोबा बहुत अच्छा है सच्ची में मैं आपको वो भी दिखा दूँगी हाँ ये मैंने निकाली रखी थी एक तो ये पर्पल एक मैंने शायद येलो येलो वाले टॉप पर लगाई है देख लेना आप फिलिप में बाकी भी देती हूँ ये रही <laughs> ये वाली एक येलो अभी मैंने येलो टॉप पहना था उसके ऊपर लगाई थी पर्पल पर वाली अब पर्पल पर पर वाले टॉप पे लगाएंगे पिंक वाली टॉपा ने लगा ही ली तो या दीज आर माय एसेसरीज एंड मैंने थ्री लेर चेन भी मंगवाई थी मंगवाई तो क्या थी मैं लेकर आई थी वहीं पास में राजपुर मार्केट के पास में हमारा एक ट्रेड फेयर लग रहा है जहाँ से मैंने ये थ्री लेयर चेन बाई की थी एंड इट कॉस्ट में अराउंड टू हंड्रेड रुपीज़ या फिर टू ट्वेंटी रुपीज आई नो इट इज लिटिल बिट कॉस्टली बट वी कैन हैंडल दिस ओके तो मतलब मेरे को ना ये अच्छी लगती है यार जैसे मैं तो ये बना लेती हूँ फिर भी मैंने ले ली पता नहीं क्यों मैं पागल हूँ मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ इसका लुक कैसा होता है या मीशो पे भी तो मिल जाती है मिल जाती। पर मैंने सोचा मैं ऑफलाइन लूंगी वो डेंटी ज्वेलरी है यार ये मतलब तो ये हर एक अपना हाई नेक के साथ एंड जैसे स्क्वेयर नेक है इसके साथ के साथ राउंड नेक के साथ स्वीट के साथ ये सब के ऊपर जाती हैं क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर एक अपनी आई बनी हुई है नजर वाली और एक लोक है एंड दिस इज मोटी वाली चेन मोटी वाली चेन तो गाइस मेरी राजगुरु मार्केट की शॉपिंग का होता है यहाँ पर दी एंड और खुले नहीं रही है बदतमीज चेन है खुल खुलगी सो अभी तक मैंने इसे भी कैरी नहीं किया है जल्दी करूँगी दिखाऊँगी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जल्दी दिखेगी आपको हाँ वरना YouTube पे भी सब्सक्राइब कर लेना ओके बाय तो अब हमारा चलते हैं हम मूविंग ऑन फॉर्दर टू साउ सिटी क्लोज और क्लोज ऑफ क्लोज होम This is my printed T-shirt and you guess guys ये मैंने कितने में ली होगी मोल से विशाल मेगा मार्ट पर उसे सन सिटी मॉल कहा जाता है क्योंकि वो सन सिटी सिनेमा भी है उधर सिनेमा भी है <laughs> तो सन सिटी के नाम से सर जानते हैं इसलिए मैंने कहा सन सिटी होल वन ये विशाल मेगा मार्ट बोला है तो गैस इसका यार प्राइस है नाइन्टी नाइन रुपीज सिर्फ नाइन रुपीज करते हो चलो अब इसका ट्राई करें ट्वेट फॉर वन सेकेंड बेबी सो दिस इज द टी शर्ट गाइज दिस इज द टी शर्ट सो गाइज इसका लुक बहुत प्यार है मस्त जबरदस्त तो ये है फ्रंट इसका एंड ये है बैक इसका बैगी बैगी टीशर्ट आई लाइक टू वेयर देम तो नेक्स्ट पर चलते हैं वो जो की है हमारी ब्लैक सेकंड वाली है हमारी ये टीशर्ट ये टीशर्ट शर्ट टी की नहीं है गॉइज ये टीशर्ट है टू ट्वेंटी नाइन की सो दिस इज द लुक and एंड दिस इज ऑल्सो बैग दिस इज द बैग इसके यहाँ पर एक पॉकेट शुट है शुटकुसा आई लाइक like. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन् टू राइड बॉन्ट टू राइड आगे ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है खासा फसल पता नहीं क्या है। <laughs> तो मैंने यही लिया था से दो एक मैंने ली थी हमारी को इट कॉस्ट मी या एंड दिस इज़ सुपर क्यूट इसे हम कहीं पे टांग भी सकते हैं ऐसे करके ऐसे करके इसे किसी टेबल पर ऐसे करके टांग सकते हैं समझ रहे हो ना यार पर मैंने इसके अंदर ज्वेलरी रखी हुई है मेरी ज्वेलरी मेरी ज्वेलरी यानी की ज्वेलरी वाइज तो आज का होल होता है नहीं नहीं होता रुको रुको रुको थोड़ा नजदीक आओ आइज मतलब कैमरा ए हिलमत कैमरे तो यार मेरा ना ये फ्लिपकार्ट से उड़ रहा है अभी तक मैंने खोला नहीं है बेल्ट मंगवाई थी हाँ हाँ हाँ तो इसे बोलते हैं हमें टूटी हुई पिन के साथ पिन पिन पिन बोलते हैं खुल गया यार हाँ हाँ हाँ ये ना ब्रांड है शायद बेल्ट का ही है स्पेशल हाँ जी बेल्ट का ब्रांड है ये एंड इसका नाम है सागा ऐसे कुछ ही ब्रांड का नाम है अभी मुझे पता नहीं क्या है इसका नाम तो देखते हैं यार मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ गाइस तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो हमारा स्टिकर था वो हमने फेंक दिया है फेंक दिया है तो दिस ब्रांड साइगा एस वाई जी ए साइगा नेम का ब्रांड है एंड ये उनकी पैकेजिंग है और बैल एंड दिस इज माई बेल्ट चलो इसे पैकिंग से निकाल के देखते हैं आप कैसी है आजकल मैंने बड़ा देखा ये ट्रेन में अवैध तो फिर मैंने सोचा मैं भी मंगा लू ऐसी होती है ये मैंने राजपुरु मार्केट में कहा भैया वो मुझे बेल्ट दिखा दो भैया कहते हैं टू ट्वेंटी और बेल्ट में कुछ भी नहीं उसकी इतनी सी पट्टी थी मैंने कहा मैं आपको पागल दिखती हूँ क्या मैंने कहा चीज़ में ऑनलाइन मंगवा लूंगी एंड ये इतनी सुंदर बेल्ट है यार देखो मतलब मेरा स्टाइल है यार ये मेरा मेरा पर्सनल मेरा स्टाइल मैं इसे बहुत ज्यादा वियर करने वाली हूँ ट्रेंड में भी आई ये एंड बहुत अच्छी भी लगेगी ओहो, मेरे के आगे क्यों लेके आ रही इसे इसे लक पे बांध के दिखाऊं क्या नहीं नहीं, चलो, so, ये ऐसी लगेगी। मैं पागल पहलूंगा थोड़ी थोड़ा ना इंजॉयमेंट होना चाहिए यार में। तो यार इसकी जो डिटेलिंग है ना ये बड़ी प्यारी लग रही है मुझे सच्ची में सच में एंड मैंने वो देखिए ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को सो so फाइनली मैंने भी ये मंगवा लिया है फ्लिपकार्ट से थैंक यू फ्लिपकार्ट बाबा पिन का भी धन्यवाद क्योंकि इसने हमें डब्बा खोलने में हेल्प करी हद हद करी है so guys, इस, इस और आगे हम और अच्छे-अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे तो चलते हैं like, करना मत भूलना मत भूलना जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना ठीक है यार बहुत गर्मी में मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे लिटरली पसीना आने लग गया है तो मेरी ई वीडियो सो डोन्ट फॉर्गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सभी हैं मेरे को अनफॉलो करके चले जाते हो मेरे को फॉलो ही नहीं करते हो सो so मैं आपसे नाराज हूँ यू ऑल अंडरस्टैंड माइ फीलिंग्स मैं आपसे न रा चलो बाई बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय